साथियों नमस्कार आज हमारी चर्चा का विषय है राहु आपकी जन्म कुंडली में लग्न में यदि राहुदेव विराजमान है तो आपके अंदर क्या क्या लक्षण पाए जाएंगे राहु पर तो ऐसे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है और उसमें सभी कुछ खुली किताब की तरह रख दिया है लेकिन फिर भी दर्शकों तमाम लोगों के कमेंट थे कि हमारे लग्न में राहू बैठा हुआ है तो आप इसके बारे में भी कुछ बताइए तो इसी से संबंधित आज हमने प्रयास किया है कम शब्दों में अपनी बातों को रखने का तो दर्शकों अंत तक बने रहिएगा देखिए दर्शकों राहु एक रहस्यमयी ग्रह है यदि लग्न में राहु बैठा हुआ है तो बहुत ज़्यादा आप बात करते होंगे बातुनी होंगे चाहे फिर महिला हो चाहे पुरुष हैं लग्न में जो राहु जिनके बैठा होता है तो जातक जो रहेगा अनैतिक कार्यों में दक्ष रहता है या यूँ कह लें अनैतिक कार्यों में रुचि रखने वाला होता है तथा स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू व होता है लग्नस्थ राहु जातक को परिवार का मुख्य सदस्य तो बनाता है लेकिन कपट व्यवहार में कुशल भी बनाता है ऐसा जातक अपने शत्रुओं पर सदा विजय प्राप्त करता है दूसरों की पद प्रतिष्ठा का अपने लाभ के लिए उचित प्रयोग में लाना लग्नस्थ राहु के कोई जातकों से सीखे लग्नस्थ राहु के जातक स्वार्थी वह परिश्रम से दूर भागने वाले होते हैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होते हैं कठोर शब्द बोल रहे हैं सुनते रहिएगा लग्नस्थ राहु का जातक गहन चिंतन तथा धन संचय में सक्षम माना जाता है ऐसे जातक छोटी छोटी सुख सुविधाओं में जो है खुश रहने वाले होते हैं लग्नस्थ राहु के जातक प्राय अपनी आजीविका के संबंध में चिंतित रहते हैं क्योंकि देखिए उनको उनकी योग्यता के अनुरूप उनकी जॉब लग नहीं पाते हैं तो ऐसे जातक हमेशा कष्ट में रहते हैं लग्न में जो जातक लग्न में यदि राहु बैठ जाए तो जान जाइए कि जातक को धनी तो बनाएगा लेकिन क्रूर और निर्दयी भी बनाता है ऐसे जातकों के बाल एवं नाखून बड़े होते हैं लंबे बालों वाले होते हैं नाखून लंबी होते हैं कपड़े गंदे होते हैं नॉन खाने वाले मांसाहार खाने वाले होते हैं इनके आँखों में आपको दया नहीं मिलेगी अधिकतर कसाई होते हैं जो स्लॉटर हाउस होते हैं कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव उस पर रहता है शरीर के ऊपरी भाग जैसे सर हो गया ऊपरी भाग क्या होता है सर हो गया आँख हो गया नाक हो गया कान हो गया आपकी छाती है आपका मुँह है पेट इत्यादि जो है रहेगा इसमें रोग होने की संभावनाएँ रहती हैं और कोई ऐसा रोग होगा जो राहू पकड़ने में नहीं आने देता अंत में पता चलता है लग्नस्थ राहु, देखिए राहु की जो तीन दृष्टियां हैं अपने से राहु पंचम सप्तम और नवम दृष्टि देता है एक बात और बता दें राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है ये सिर्फ छाया ग्रह हैं कटान बिंदु होते हैं सूर्य और चंद्रमा को काटने वाले तो लग्नस्थ राहु जातक को पत्नी एवं पुत्र सुख में कमी देता है जातक स्वभाव से झगड़ालू मित्रहीन तथा कामी होता है अब लग्न में राहु बैठेगा तो सप्तम में केतु बैठता ही बैठता है तो वैवाहिक जीवन को बाधित करता है वहाँ पर बैठा केतु बलि जरूर ले लेता है लग्नस्थ राहु यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है उस पर तो जातक को स्वावलंबी आकर्षक एवं अपने प्रयास से धन अर्जन कमाने जो है धन अर्जन करने वाला बनाता है लग्नस्थ राहु के जो जातक होते हैं शुभ स्थिति में यदि राहु है तो बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के होते हैं साइंटिस्ट होते हैं धार्मिक होते हैं परोपकारी होते हैं उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं गूढ़ विद्याएं ग्रहण करते हैं जी हाँ गुढ़ विद्याएं ऐसी ऐसी चीजें उनको पता होगी जो आपको नहीं पता चलेगी उनके सामने यदि आप बैठ जाएंगे तो आपके बारे में बता देंगे मतलब शुभ स्थिति का यदि राहू है तो खुली किताब की तरफ वो आपको ओपन करके रख देंगे मेष, कर्क या सिंह राशि का जो राहु रहता है तो जातक को सुख एवं वैभव कहीं कहीं देखने को आता है प्रदान करता है लेकिन बड़ी मेहनत के बाद लग्नस्थ राहु पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक हमने आपको बताया सुख सुविधाओं से तो युक्त तो होता है राहु की देखिए आवश्यकताएं बहुत बड़ी होती है फलस्वरूप जो राहु रहता है जातक की अंदर की इच्छाएं बढ़ाता है महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ाता है लग्न में जिनके राहु होते हैं उनके मित्र लोग उनको धोखा बहुत ज़्यादा देते हैं और उनके ऊपर जीवन में कोई ऐसा कलंक लग जाता है या ऐसा दाग ऐसा धब्बा लग जाता है जिससे उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है ऐसे जातक जिनके लग्न में राहु होता है वो जीवनसाथी से कभी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं इनका जो विवाह के बाद के जो संबंध होते हैं पराई स्त्रियों के साथ पराई महिलाओं करने वाला होता है वही मेषभ तथा कर्क का राहु जातक को साहसी और स्वस्थ शरीर देता है लेकिन कर्क के राहू में एक सावधानी यहाँ देखनी पड़ेगी चंद्रमा ना बैठा हो बस ऐसे जातक के जो नेत्र होते हैं आंख होते हैं लाल लाल देखते हैं ना आप कुछ लोगों की आंखें बिल्कुल लाल होती हैं तो जान जाइएगा लग्न में कहीं ना कहीं राहु विराजमान है यदि आपके कुंडली में लग्न में राहु विराजमान है चाहे जौन सी राशि हो आपके मस्तक के ऊपर कहीं ना कहीं चोट का या मसे का निशान होगा ये आप लोग नोट कर लीजिएगा वृषभ तथा मिथुन राशि का जो राहू होता है दर्शकों देखिए कहीं कहीं वृषभ में राहू को उच्च माना जाता है कहीं कहीं मिथुन में को माना जाता है तो ऐसे जातकों को राज सम्मान दिलाता है ये समझ लीजिए कि चुनाव में कोई बहुत बड़े नेता जो होते हैं जिनके ऊपर राहु मेहरबान रहता है बहुत ही अच्छा रहता है भारतीय राजनीति में लोग नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए सब कुछ देख के ईर्ष्या करते हैं लेकिन कभी आपने देखा है जो राहू की अट्ठारह साल की महादशा थी उसमें मोदी जी के साथ क्या क्या हुआ तो राहु क्या करता है जातक को पॉलिश करता है माचता है अच्छे और बुरे की परख हिजाद करता है परीक्षाएं अग्नि परीक्षाएं लेने से समझिए कि बाज नहीं आता है कदम कदम पर जो है आपके कांटे बिखेर देगा राहु और फिर जब आप उसमें से तप के निकलेंगे उस अग्नि से अग्नि परीक्षा दे करके आप बाहर निकलेंगे तभी तो आप सोना कहलाएँगे तो वृषभ तथा मिथुन राशि का राहु देखिए उच्च माना गया हमने आपको बताया और यदि ऐसा राहु है समझ लीजिए पॉलिटिक्स में किसी बड़े पद पर आप होंगे किसी कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र में अथवा राज्य में आप लोग रहेंगे सरकार से जातक का मतभेद भी कराता है जो विधायक हो गए सांसद हो गए ये लोग जो दल करते हैं राहू का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है संचार से रिलेटेड चीज़ों में व्यक्ति को ले जाता है जो लोग दूरदर्शन में काम करते होंगे एफएम वगैरह हो के जो रेडियो हो जॉकी होंगे कहीं ना कहीं देखिएगा राहु का प्रभाव इनके ऊपर रहता है आजीविका में रोग के कारण कभी कभी इनको जो है नौकरी से बाहर निकलना पड़ता है वही मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या व मकर का राहु लग्न में कहीं कहीं देखने में आता है कि बहुत भयंकर राजयोग भी बना देता है और उदार यशस्वी एवं वैभव संपन्न भी बनाता है धनु लग्न का राहु जातक को आत्मनिष्ठ तथा एकाकी दखल अंदाजी करने की आदत देता है वायु तत्व राशि की यदि हम बात करें वायु तत्व राशि कौन कौन सी है तो मिथुन तुला और कुंभ राशि जो होती है वायु तत्व की राशि होती है इसमें यदि राहु है आपके लग्न में विराजमान है तो दूसरों के कार्यों में बुराई खोजने वाला स्त्रियाँ जो एक दूसरे की चुंगली करती हैं ऐसा राहु ये जो है देता है नकारात्मक विश्लेषण की बुरी आदत ऐसा राहु डालता है अपनी बुद्धि का प्रयोग ऐसे जातक दुरुपयोग करने में करते हैं दूसरों को नीचा दिखाने में करते हैं तो दर्शकों लग्न में ये तो था राहू का लक्षण उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा लेकिन दर्शकों उपाय भी चलिए आज हम आपको बता दें यदि राहू से आप पीड़ित हैं और देखिए अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहते हैं कि तथाकथित लोग जो लोग YouTube पर Facebook पर या आप लोगों से किसी भी माध्यम से पैसे हड़पते हैं भाई काल सर्प दोस्त है काल सर्प तो होता ही नहीं है मानते नहीं हैं या आप ये पूजा करवा लीजिए रुद्राभिषेक करवाइए आप इस योग में ये चीज़ करवा लीजिए आप अपने घर पर बैठे रहिए आप हमको पैसा भेज दीजिए पूजा हम करवा देंगे लाभ आपको मिलेगा कुछ भी ऐसा नहीं होता है समझ लीजिए कि आपका राहु फिर पीड़ित है यदि आप उनको पैसा दे दिए तो और पंडित जी अपना भाग्य तो बदल नहीं पा रहे आपका भाग्य क्या बदलेंगे कोई किसी का भाग्य नहीं बदलता है दर्शकों हम लोग ज्योतिष लोग देखिए आपसे फीस मांग लें यह ठीक है लेकिन गलत करके फीस नहीं लेंगे कि आप हमसे पूजा करवा लीजिए दस हज़ार पंद्रह हज़ार बीस हज़ार दीजिए आप यहाँ पर आइए हमारे यहाँ ये हम अनुष्ठान करवा रहे हैं हम आपका भाग्य बदल देंगे सही से जो बात आदमी जो है ना कर पाए तो ऐसे व्यक्ति को हम बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते तो ऐसे दलालों से ऐसे ज्योतिषियों से बच कर रहिएगा क्योंकि देखिए आपकी भावनाओं का फायदा उठा करके अपनी झोली गरम कर लेंगे फिर बाद में आपसे राम राम कर देंगे आपको कोई लाभ नहीं होगा उस पैसे को आप अपने सदुपयोग में लगाइए अपने जो है क्या कहते हैं आसपास कोई यदि गरीब रहता है आप उसकी सेवा करिए या आप अपने घर पर बुला करके जो है पूजा पाठ कराइए वो चीज़ समझ में आती है आप हज़ार किलोमीटर दूर बैठे हैं पंडित जी हज़ार किलोमीटर दूर हैं पता नहीं वो पूजा पाठ कराते भी हैं कि नहीं कराते हैं और ये बताइए कि आप उतनी दूर बैठेंगे आपको कैसे मिल जाएगा ना आप वहाँ पर बैठे हैं संकल्प करने के लिए ना वहाँ पर आप बैठे हैं पूजा कराने के लिए तो ये सब जो चीज़ें रहती हैं दर्शकों बहुत ही बुरी रहती हैं ऐसे दुष्ट लोगों से आप लोगों को बचकर रहना है आपका समय आपका पैसा बहुत कीमती है उसको बचा करके रखिएगा क्योंकि बार बार इस प्रोफेशन को गाली मिलती है कि पंडित लोग ठकते हैं ज्योतिषी लोग ठकते हैं तो हमारा काम है जागरूक करना बाकी पैसा आपका समय आपका जो भी आपका मन करें वो आप करिए दर्शकों राहू से रिलेटेड जो प्रयोग है हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि भ्रामरी प्राणायाम पूरे दिन में पाँच से छः बार कर डालिए यदि राहु आपका पीड़ित है दूसरा हमने प्रयोग बताया था चंदन का प्रयोग जी हां, चंदन का तिलक लगाइए चंदन की माला धारण करिए चांदी के पात्र में जल का सेवन करिए और उसमें थोड़ा सा आप चंदन डाल सकते हैं तीसरा प्रयोग एक और राहु से रिलेटेड हम आपको बताए दे रहे हैं कबूतरों को बाजरा डालना जी हाँ बहुत अच्छा ये प्रयोग है यदि आप प्रातःकाल जल्दी उठते हैं डेली जाइए कुछ ना कुछ जो है आप दाना पक्षियों को जरूर डालिए आपके घर में यदि गाय है तो पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालिए राहु के लिए एक प्रयोग और है दर्शकों देखिए राहु क्या करेगा सीधा आपके माइंड पे अटैक करेगा राहु ज्योतिष में सर है और केतु को धड़ माना गया है तो सीधा आपके दिमाग पर अटैक करेगा तो कोशिश कीजिए अपने दिमाग को क्रियाशील बनाइए फेसबुक हो गया ट्विटर हो गया यूट्यूब uh, हो गया संचार के जितने भी ये सब चीज़ें हैं इस पर राहु का आधिपत्य रहता है दिन भर आप इसी में खोए रहते हैं इसको दूर करिए और अपने जीवन शैली में कुछ साहित्यिक चीज़ें पढ़िए अच्छे विचार लाइए एक्सरसाइज करिए आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है इसको बाहर निकालिए पसीने के माध्यम से कपूर जानते होंगे कैम्फर जिसको बोलते हैं कपूर आप लोग जो है कपूर का ऑयल ले लीजिए अपने रुमाल में उसको दो चार बूंद डालिए उसकी गंध लेते रहिए राहु आपका जो है शांत पड़ेगा भ्रामरी प्राणायाम करने से बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलेगी वो हमने जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें तमाम बहुत अच्छी चीज़ें हैं दुर्गा जी के आप बत्तीस नामों का प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं उच्चारण कर सकते हैं राहू के लिए बहुत शांति मिलेगी राहु स्रोत का पाठ कर सकते हैं किसी के साथ कभी कुछ गलत मत करिएगा छल कपट मत करिएगा संचार के माध्यम का गलत प्रयोग मत करिएगा राहु आपके हमेशा स्ट्रांग रहेंगे तो दर्शकों ये तो कुछ चुनिंदा प्रयोग थे बहुत प्रयोग हैं यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं सही माध्यम से तो करवा सकते हैं और दर्शकों हम ये नहीं कहते हम आपका भाग्य बदलेंगे ज्योतिषी हैं हम आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि चलना आपको पड़ेगा लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो अच्छा रहेगा हम आपको ट्रैक दे सकते हैं रोड बना करके दे सकते हैं चलना आपको पड़ेगा गाड़ी आपको ही चलानी पड़ेगी सिर्फ मार्गदर्शन करेंगे और दर्शकों कोई ज्योति किसी का भाग्य नहीं बदलता है आप लोग अपना भाग्य खुद बद, बद, बदलिए तो बेहतर रहेगा किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए और अपने भुजाओं पर आप लोगों को यकीन करना होगा इन सब के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़िएगा गृह नक्षत्रों से आप आने वाले भविष्य की घटनाओं को जान सकते हैं लेकिन उनको कोई बदल नहीं सकता ईश्वर के सिवा उपाय जो होते हैं मन की शांति के लिए होते हैं कुछ फर्क होते हैं उनसे हमारा काम है ईश्वर के प्रति आपके जो है आस्थाओं को जगाना बाकी हुई है वही जो राम रच ही जो राम ने रचा है वो होगा दर्शकों दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार